विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा और कांग्रेस विधायक पांचेलाल मेणा ने सदन की कार्यवाही के दौरान एक दूसरे पर जान का खतरा होना बताया है विधायक पांचेलाल मेणा ने विधानसभा अध्यक्ष से सुरक्षा देने की मांग की है। कारम कारम तीन सौ चार करोड़ का घोटाला उजागर करने के लिए जा रहा था और उस घोटाले को रोकने के लिए उन्होंने मेरे साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट की और इस प्रकार से उमाकांत को भी उन्होंने शिका पड़ा करके भेजा और आपको नोटिस भेजा मुझे नोटिस इसीलिए दिया कि यह आप ज्यादा अगर उठाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, आप, आप का अगला स्टैंड क्या होगा अगला स्टैंड में, नहीं नहीं आप, आप हाँ, में विकास को लेकर विधायकों के साथ पक्षपात हो रहा है शिवराज सरकार ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मेरा जी जिनका साफ तौर पर कहना है की जो उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा ऊपर से उनके साथ कल मारापीटी की गयी थी जिसके बाद से वो उनको अभी विधानसभा के द्वारा नोटिस जारी किया गया कल उन्होंने जी को बताया था और सभी को बताया था उसके बाद भी होगा हो उस पर क्या एक्शन होता है उधर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ऐसी खुद की जान को खतरा बताया है उन्होंने कहा उन्हें षड्यंत्र कर फसाया जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने निवेदन किया किसकी जांच हो हमारे साथ उमाकांत शर्मा जी हैं, जिस विधायक हैं बीजेपी से सर आप कर आरोप लगाएगा कि आपने वहाँ विधानसभा में उनके कपड़े पड़े हाँ बिल्कुल गलत आरोप है झूठा आरोप है उमाकांत शर्मा ने कुछ नहीं किया है कल ही मैंने अध्यक्ष जी को शिकायत कर दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी नए अध्यक्ष सदन के नेता बने हैं नेता प्रतिपक्ष उन्होंने षडयंतपूर्वक कमलनाथ जी ने कांग्रेस दल के विधायकों को इशारा करके मेरे साथ मारपीट कराई कोई योजनाबद्ध ढंग से ये कार्य किया गया है सदन की मर्यादा की कर, कर कल भी हंगामा कल भी हंगामा हुआ आज भी हंगामा हुआ उसी बात को तो अपनी बात रख रहा था हंगामा तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं किस बात को लेकर कर रहे हैं मोदी तो बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लोग बताएंगे क्या वो है मैंने तो अपनी शिकायत माननीय अध्यक्ष जी से कर दी है सदन के अंदर की घटना है सदन के अध्यक्ष जी जाँच करा लें आपकी जान को खतरा भी है आपने अभी बोला हाँ मेरी जान को कांग्रेस विधायक दल से कांग्रेस के नेताओं से वरिष्ठ नेताओं से नेता प्रतिपक जी से और भी अन्य विधायकों से मेरी जान माल को खतरा है भविष्य में कहीं भी कोई भी अनहोनी अप्रिय जान माल जाने की संभावना मेरी घटना घटित हो सकती है आपने विधानसभा के अंदर ही साफा पहना था कफन करके हाँ मैंने अब कफन बांध लिया है जब भी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नेता मुझे मरवाना चाहते हैं मरवा दें मुझे कोई डर भाई नहीं है मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम करता रहूंगा डरूंगा नहीं झुकूंगा नहीं अपने रास्ते पर चरे व्य चरेती बढ़ता जाऊंगा ये थे हमारे साथ तो बीजेपी से विधायक उमाकांत शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेड़ा है कांग्रेस के विधायक है उनका कपड़ा उन्होंने निकाल उनके साथ अवैधता की गई है बल्कि इनको संरक्षण की जरूरत है आगे देखना ये होगा कि इस मामले में